आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जहरीले शख़्स की चंद आदतों के बारे में कि कौन सी वो आदतें हैं जहरीले शख़्स के अंदर और अगर कोई आपके आस पास भी ऐसा शख्स है और उसके अंदर भी ऐसी आदतें हैं तो हमें उसके होशियार हो जाना चाहिए तो पहली आदत जहरीले शख़्स के अंदर ये है कि ऐसा शख्स आपका दोस्त होते हुए भी दिल में कहीं ना कहीं वो चाह रहा होता है कि आप कामयाब ना हों आप कामयाबी हासिल ना कर सकें आप कुछ भी हासिल ना कर सकें आप कुछ भी तरक्की ना कर पाएं। पहली ये आदत है उसके अंदर अब दूसरी आदत क्या है दूसरी आदत ये है कि आप उनको दोस्त समझते हैं मगर वो आपके प्लान और बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते दूसरी आदत जहरीले शख़्स की ये है कि आप उनको दोस्तों समझते हैं और वो आपके वाकई क्लोज़ फ्रेंड भी हैं मगर वो आपके प्लान और आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते अब अच्छा तीसरी आदत ये है कि ऐसा अक्सर शख्स सिर्फ ख़ुद को अच्छा महसूस कराने के लिए आपको बुरा महसूस करता है ये तीसरी आदत है चौथी आदत ये है ऐसा शख्स आपकी किसी बात को अहमियत नहीं देता आप जितने भी अच्छे हों वो बहस वमबा खत्म करने के बजाय सख्त बुरे अलफ से आपको खामोश करा देता हो कि चुप बैठ जाओ ये भी उसके अंदर आदत है अब आ जाते हैं पाँचवीं आदत यह है ऐसा शख्स खुद को बड़ी तोप चीज़ समझता बड़ी तोप चीज़ समझता और वो चाहता है कि आप भी उनको ऐसा समझें उसकी हर बात पे हाँ हाँ कहें तो ये भी उसके अंदर आदत है अब आ जाते हैं छठी आदत क्या उसके अंदर पहली बात तो ये है ऐसा शख्स आपकी बेहतरी कभी चाहेगा ही नहीं कभी नहीं चाहेगा आपकी ऐसी बेहतरी और अगर वो भी चाह भी लेगा और आपकी मदद कर भी देगा तो वो उम्र भर आपको जताता रहेगा आपको सताता रहेगा तो उसके अंदर ये भी आदत है अब आ जाते हैं सातवीं आदत के बारे में सातवीं आदत ये है ऐसा शख्स अपनी हर चीज़ और अमल का बदला चाहेगा मगर आप जब उसे अहतनामाम और महब्बत देंगे तो वह आपको इग्नोर ही करता चला जाएगा समझ में आ रही बहुत अहम बातें हैं ऐसा शख्स अपनी हर चीज़ और अमल का बदला चाहेगा बदला चाहेगा मगर जब आप उसे अहतराम देंगे इज्ज़त देंगे रिस्पेक्ट करेंगे मोहब्बत देंगे तो वो आपको इग्नोर कर देगा समझ में आ रही बात लास्ट की उसके अंदर ये आदत होगी ऐसा शख्स दूसरों की झूठी बुराइयाँ बताकर उन आपकी दोस्तियाँ ख़त्म करवाता मगर ख़ुद उनसे ताल्लुक़ रखता है तो ये हमने कुछ आदतें बताई जहरीले शख़्स की अगर आपके आसपास में भी कोई ऐसा आदमी है जिसके अंदर ये आदतें हैं तो हमें और आपको उनसे होशियार हो जाना चाहिए